गाँव में हो वेगाज खुड़का जत्ती मरकड़ाली पहन देगी बहुम अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू